तो हैगा गाइस वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो तो आज हम फिर से आ गए एक न्यू गेम प्ले के साथ उससे पहले आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आज हम लोग खेलने वाले हैं बॉडी बिल्डर जिम जो भी क्या इसका नाम है मुझे नहीं पता तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं अगर चैनल पर न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकिन दबाना मत भूलिएगा चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और रियल में कभी बॉडी मैंने बनाई नहीं है और देखते हैं इसमें क्या होता है फाइट है हाँ इसका नाम है बॉडी बिल्डर जिम फाइट शायद यही नाम है तो चलिए वीडियो को फटाफट फड़ से शुरू करते हैं फोन का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा हेडफोन का यूज़ ज़रूर करिएगा चलो अभी बेट लगाना मुझे चैलेंज लगाना है ठीक है अभी प्ले करते हैं इधर से फर्स्ट लेवल ओ भाई लेडीज के साथ यो भाई तेरी ये ये मैं मैं देखो बोल लड़की से कौन लड़ेगा यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है पहले से इतना डरा हुआ हूं मैं <laughs> ये देखो भाई क्या बॉडी है मेरी भी कम नहीं राउंड वन ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये, यो यो उठी फिर से ले ले अरे भाई मैं तो इसको मारे डालूंगा लेट क्या ही मार रहा हूं पैसा गई ओ तेरी रू अरे मुझे मार रही भाई ले गिरा दी ये ये ये ले, ये ले, मुंह पे पंच मारा भाई साहब ये ये ले, ये ले ये ले, इसमें चांस छूटा तो ये मुझे ही मार डालेगी यो ये ये ये, ये, ओ भाई साहब क्या मारा है ये ले ये ये ये, ये। यो हो, हो, हो। ओ। यार देखो देखो बॉडी मेरी भाई साहब एक ही मुक्के में दीवार राउंड में जीत गया हूँ ठीक है लेवल स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड में सेकंड राउंड में भी लड़की थे तेरी अब रखो ठीक है तो यार आप लोग वीडियो को बटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से ये देखो ये दो टिड्डी फट ये ले ये ले ये ये ये फालतू में चली आई ये यो, यो यो यो यो भाई साहब ये ले ये ले जिले। गिरी नहीं रही है भाई साहब गिर गई ओ भाई साहब मुंडी फोड़ डाली मैंने इसकी राउंड रू क्या आज कैसी हो गई यार पहले इस राउंड को खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ये, ये, ये, ये, ये सर फोर डालो ये भाई गई, की मिला मुझे उनकी कहानी खत्म जीत गया मैं यो भाई थारा भाई एक ही पंच में जाएगी ये भी दीवार फाड़ गई ये थर्ड वाला फाड़ के फोर्थ वाला फाड़ के ग्री स्टार्ट करते हैं ये देखो मोटो के साथ फाइट स्टार्ट हुई अपनी मोटू तो आज उड़ा डालेंगे इनको अरे भाई साहब पैसा मार रहा है ये देखा मैं आया पार डालेंगे चीर डालेंगे कुत्ता बना डालेंगे एकदम तुमको तुम आके तो देखो कुत्ता बना डालेंगे तुमको अभी दो लोग को कुत्ता बना के आए हैं ये देख मोटू मोटा है मारा है ये, ये ले, ये ले। ये मुंह पर तेरी जात का बदमा भाई मुझे मारेगा ले ले ले ले ले, ले, ले।, ले। <laughs> अभी एक बार और फोड़ना है इसको राँड़ अच्छा राउंड टू भी चालू हो गया ले ये ले ये ये ये ये, ले, ले। ले, ले, ले, ले, ले, कुंफू के अबे। यो तेरी भाई क्या मारा अबे। रुक। ये ले ये ले। हल्के में ले रहा हैं? है? कुत्ता बना देंगे मार मार के ये इतनी मार मारेगा ना भाई साहब ये ले, ले। फोड़ देंगे यो भाई अब इनको देखो कौन से गेट गेट में पोचाते हैं फोड़ के इनका मुंह ये एक ही मौके में ये देखो टू पे ही पहुंचा अच्छा ये राउंड था ना मतलब चलो एनर्जी मिलती जा जा जा रही मिलते मिलते रहे पैसा माले माल हो जाऊंगा मैं एकदम इतना ज़्यादा कमा रहा मैं भाई साहब की क्या है बताऊ चलो फिर से चौथा लेवल स्टार्ट होने वाला है स्टार्ट हो जा भाई अबे क्या सी? ओके okay, यहाँ होने वाला है और अच्छा जिम करना पहले मुझे जिम करने बारह मिनट ले करो मैं हठ भाई चौथा राउंड स्टार्ट करो बाय ये देखो, अब आया अबाया मेरे जैसा यू भाई यही राउंड घूमगा उसके बाद देखते हैं चलो क्या डंबल उठाया भाई साहब क्या डंबल उठाया अमेरिका का डंबल है ये भी की लिया इससे भी की छीनना मुझे अगर मैं हारा तो मेरी तो वोट हल भाई यू यो भाई ये भाई हारा भाई ले ये ले से, ले से ले ले, ले, ले, ये ले, ये, ये ले।, ये ले, ये ले, ले, ले, ले, ले, ये ये, ये ये ये अबे मार क्यों रहा है, रह। अरे, मतलब कुछ भी अबे आगे चल भाई, रही ये ले मुंह पे ले, ले। ले फिर से ले मुंह पे गया कहानी खत्म ले ले ले ले ले ले, ले, ले, ले।, ले। हो हो हो हो, क्या लगातार मारा भाई साहब वो सब मजा ले रहे साले ओ भाई ओ भाई वो लड़की जिंद कर रही है तो देख के साड़ा बन रहा है ले ले ले, ले। उठेगा फिर मार खाएगा उठ उठेगा तो फिर मार खाएगा ले ले ले ले ले ले ले ये ले, ये ले, ये ले, ले, ले ले ये ये ये पैर से आओ, और बैठ जा बैठ जा कार्य खत्म की मिल गए मुझे यू <laughs> मैं विनर एक ही मुक्के में ये सेकंड थर्ड ले ओके तो अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही हम मज़ेदार गेम लाते रहते हैं अपने चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड कलर के बटन दी हुई है उसको टच करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एकदम फ्री है यार एकदम फ्री कोई पैसा नहीं लगने वाला सब्सक्राइब कर दो फटाफट से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए